से पहले तो यहाँ पर आपको अपना फुल नेम टाइप करना है जैसे कि आपके आधार कार्ड पर है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फिल कर देना है और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इन दोनों क्लिक कर देना है और यहाँ पर ओपन नाव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो अब आपने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर फिल होगा उस पर एक ओ रिसीव होगा जिसको यहाँ पर आपको और नेक्स्ट ऑप्शन तो आता है जहाँ पर आपको चूज करना है की आप अपनी के वाई सी बैंक में जाकर के करना चाहते हैं या फिर आप ऑनलाइन ही वीडियो के करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें घर बैठे अकाउंट को ओपन करने के स्टार्ट वीडियो के वाई नाउ इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहां पर भी आपको अपने आधार कार्ड से अपनी के ऑनलाइन की ऑनलाइन करनी होगी जिसके लिए यहां पर भी आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां पर आपको अपना पैन नंबर और यहां पर आधार नंबर आपको क्लिक कर देना है देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर आपको रेड कर लेना है देन आपको कॉन्टिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो इतना करते ही आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल फोन पर एक ओटीपी रिसीव होगा जिसको आपको यहीं पर क्लिक करना है देन आपको नेक्स्ट के ऑफिस पर क्लिक करना है जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपके आधार कार्ड पर जो भी डिटेल दर्ज हुई वो यहाँ पर क्लिक करके आ जाती है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो मेरा जो एड्रेस है वो आ चुका है कंटिन्यू की ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट पेज आता है जहाँ पर आप देखोगे आपकी फोटोग्राफ भी आपके आधार कार्ड से आ चुकी है यहाँ पर जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेशन पहले से फिल नहीं है अब हमें वो इन्फॉर्मेशन को फ्ल करना है जिसमें कि ऑकुपेशन की डिटेल आप एक बिजनेसमैन है सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, हाउस हैं, में स्टूडेंट है, है यहाँ पर आपको करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एनुअल इनकम का जितने भी जितने भी आपकी सालाना इनकम है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और आप मैरिड हैं, सिंगल हैं यहाँ पर फिल्ज कर लेना है उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम मदर का नाम फिल कर देना है मेल जीमेल जो भी gender है वो फिल कर देना है नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपकी जो डिटेल है वो कम्प्लीटली फिल हो चुकी है अब आपके सामने नॉमनी की डिटेल फिल करने का ऑप्शन आता है जैसे कि आप चाहें तो नॉमनी की डिटेल को बाद में भी फिल कर सकते हैं वैसे मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप सुरक्षित साथ ही फिल कर रहे इसके लिए यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर नॉमनी का नेम फिल करना है नॉमनी से जो भी रिलेशन है यहाँ पर चूज कर लेना है पर नॉमनी का जो भी एड्रेस है फिल कर देना है अगर सेम ही है तो सेम ही एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है देन यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो अब आपके सामने आपको जो भी डिटेल आपने यहाँ पर भेजी होगी उसका एक सफरी पेज आ जाता है जहाँ पर आपको अपनी पूरी डिटेल को एक बार वेरिफाई कर लेना है और उसके बाद में फिर से आपको कंटिन्यू के ऑप्शन करना है यहाँ पर डिक्लेरेशन आता है इसको भी आपको रीड कर लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है नेक्स्ट ऑप्शन आता है कम्युनिकेशन एड्रेस का जिसमे की आपका जो भी वर्तमान पता है यहाँ पर आपको कंप्लीट अपना पता फिल कर लेना है अगर सेम ही है तो आपको आपके आधार कार्ड पर देना है और यहाँ पर भी अप्लीकेशन है वो सब्मिट हो चुकी है यहाँ पर वीडियो के का ऑप्शन आ चुका है और लोकेशन की परमिशन को आपको अलाव कर देना है अब यहाँ पर के करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने पैन कार्ड की कॉपी को स्कैन करना होगा यानी ओरिजिनल पैन कार्ड को यहाँ पर कैमरे के माध्यम से कैप्चर करना होगा पैन कार्ड को कैप्चर करते ही ने जाता है यहाँ आरोप आपको अपनी फोटोग्राफ को कैप्चर करना है जिसमें भी आपको ध्यान रखना है की आपका जो बैकग्राउंड है वो क्लेन होना चाहिए कोई भी बीवार पे कोई भी बैकग्राउंड आप अपने तो कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें कि आपको प्लेन पेपर पर सबसे पहले सिग्नेचर कर लेना है और कैमरे के माध्यम से आपको सिग्नेचर को कैप्चर कर लेना है इसके बाद में आपके सामने वीडियो के वाइसिंग का ऑप्शन आ जाता है, है वो वीडियो कॉन ऐसी बात करेगा आपको अपने सिग्नेचर दर्च दिखाने होंगे उसके बाद में जो आपका अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाता है आपके का जा जा जा है। जिसके आप अपने आपके जो अकाउंट डिटेल है आपके मोबाइल फोन आरोप एस एम एस और व्हाट्सएप आ जाती है जिसमें की आपका यू पी आई आई डी है वो भी जनरेट हो चुकी है अब आपको अपने अकाउंट को यूज करने के लिए सबसे पहले लेट डबल वन टू अपन हमने डाउनलोड की थी में आ जाना है। अब यहाँ पर दिया आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसमें फोन में ही आपका सिम कार्ड डाला होना चाहिए सेम मोबाइल फोन से ही ये काम करना होगा जिसके में के पे क्लिक करना है और यहां पर अलावा यहाँ पर आपको 4 डिजिट का एक पिन सेट करना है इसी पिन से आप दोबारा से कभी भी लॉगिन कर सकते हैं अकाउंट में लॉगिन होते ही आप चाहें तो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल इमेज भी सेट कर सकते हैं यूज प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक आप फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आपके फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर है, है तो आप फिंगरप्रिंट से ही लॉग करने का ऑप्शन इलेबल कर सकते हैं यहाँ पर जो मैंने अभी अकाउंट लॉग इन करके आपको दिखाया है इससे पहले बस इन्होंने कुछ ऑफर ट्रांजेक्शन किए हैं आप उसके पर देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन के अभी अब